क्या आपने कभी सोचा है कि पाइनेप्पल खाने पर हमारी जीब आखिर कट क्यों जाती है मेरा मतलब है कि जब हम कोई और फल खाते हैं, तब तो हमारी जीब नहीं छिलती। पर छिलतील में ऐसा क्या है कि हमारी जीब छिल जाती है दरअसल अनानास में प्रोमेलिन नाम का एक एंजाइम मौजूद होता है जो कि हमारे मुंह और जीब में मौजूद प्रोटीन को तोड़ खाने लगता है आरोप पेट में जाते ही हमारे पेट में मौजूद एसिड उसे पूरी तरीके ऐसी निष्क्रिय कर देता है